ये देखिए कितने जबरदस्त खीर हमारी रेडी है ये हमारा खीर का सामान इसके लिए हमने सात खजूर ले ली हैं इसको हमने दो टुकड़ों में कट कर लिया है थोड़ी सी हमारे पास बारीक सवाइया है ये और ये थोड़ी सी और बस चोटी वाली मुनक्का है ये और ये बादाम है मेरा चिटकाया हुआ और ये पिस्ता है और ये खीर का पैकेट है जो ऑलरेडी रेडी आता है ये तैयार एक लीटर दूध के लिए होता है और ये हमारे पास दूध है फुल क्रीम दूध है और ये हमारा खीर का पैकेट जो हमारे पास दिखाया था अभी आपको इसमें ऑलरेडी चीनी चावल सब कुछ मिक्स होता है ठीक तो है इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है हमें हमने दूध चढ़ा दिया इसको वा आने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं हमारा दूध उगल इसको चलाते रहना थोड़ा थोड़ा कर दो मिनट ऐसे ही चला इसको बस तरह से उबालना इसमें डाल दिया हमने अपनी सिवई डाल दी हमने अपनी, अपनी खीर चलाना है हमें बहुत अच्छी तरह से इसी तरह से इसको चलाते रहना है भी कम से कम पांच मिनट अपना फ्लेम स्लो कर देंगे उसको पकड़े देंगे कम से कम पाँच सात मिनट के लिए और ये खजूर भी डाल दिए इसमें जो हमारे पास है पिस्ता है और ये किशमिश है उसको हम डालेंगे बाद में ऊपर ये रेडी हो चुकी है और दो मिनट के लिए पकाएंगे इसको हम उसके बाद में ठंडा होने के लिए रख देंगे खीर हमारी रेडी है और इसको बंद करके कर रख देंगे ये थोड़ी सी और ठीक हो जाए तो ये खीर हमारी रेडी है एक बार जरूर आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें ऊपर से इसी कारण कर देते हैं फ्रीज में रख करके एक घंटे के लिए ठंडी हो जाए तब खाएं इसको बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसके अंदर ठंडी खीर में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खीर हमारी रेडी है